कसम से बहुत है यार माय नेम बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफलाइन किंग एंड अनदर द ब्लॉग दोस्तों आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज हम जा रहे हैं राम जी समोसा फैजाबाद और राम जी समोसा खाने क्योंकि वहां का समोसा बहुत मशहूर बहुत फेमस है तो अभी फिलहाल हमारे गाँव के पास में है हम और यहाँ से हम लगभग 16 किलोमीटर है वहाँ जाने के लिए तो वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पहुँच के हम आपको बताएँगे रामजी समोसा की दुकान और उनका समोसा कैसा है क्या है ये सारी चीज़ें तो हमारे साथ वीडियो में तो बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें और हमारी जो है घन्नो रेडी हो गई है और इसी से हम लोग जा रहे हैं राम समोसा खाने और ये फैज़ाबाद सुल्तानपुर एक्सप्रेस हाईवे है इसी पर सोलह किलोमीटर आगे हमको जाना है और वहाँ जाने के बाद आपसे मिलते हैं close so, till i get up time is belly on my side i don't wanna waste what's left finally dosto ram ji samosa ke paas pahunch gaye hain aur ye dekhenge aap hamare samne itni sari bheed lagi hui hai ye sare log jo hai wo samosa khane hi aaye hain is dukaan pe vaar samjhe to abhi hum bhi try karenge aur uske baad dekhenge yahan ka samosa kaisa rehta hai kya hai aur aapko batayenge है ना क्योंकि तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि लगभग 30-40 आदमी हमेशा जो है वो समोसा ही खाते रहते हैं तो यहाँ पे हम भी पहुँचे हैं बहुत नाम सुना था हमने इसका इसलिए चले आए और खाने के लिए तो चलिए समोसा लेने के बाद जो है वो तो खा के देखते हैं टेस्ट करते हैं कैसा है और आपको बताते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भीड़ जमा हुई है सिर्फ समोसा लेने के लिए और ये रामजी समोसा इतना फेमस है कि लोग भीड़ लाइन लगा करके समोसा लेते हैं और भीड़ आप देखें ये सारे लोग जो आप दिख रहे हैं सारे लोग समोसा खाने हैं कुछ खा के खड़ा है कोई खा चुका है तो ये माहौल है समोसे देखने का यहाँ पे तो ये रामजी समोसा की दुकान है और यहीं पे आए भैया राम जी समोसा खाने है ना तो अभी राम समोसा खाने के बाद आपको बताएँगे कि कैसा है क्या है भैया हमको जो है समोसा ले दो खाना है यार, चेक करना है, ये लो। ये है राम जी समोसा भैया एकदम टेस्टी तो दोस्तों फाइनली जो है राम जी समोसा हमने ले लिया है और इसे टेस्ट करके देखेंगे कैसा है और उसके बाद आपको बताएंगे और आप देखेंगे ना तो यहाँ अंदर जो है वो तो समोसा बन रहा है लगातार लोग यहाँ बनाते रहते हैं और भीड़ जो है वो तो आप देखेंगे यहाँ कंटिन्यू बहुत सारी भीड़ लगी रहती है ठीक है तो खाने के बाद आपको बताएंगे कि कैसा है आराम से समोसा बहुत गरम है भाई कसम से, बहुत गरम है यार तो समोसा जो है एकदम गजब है कभी आप हैदराबाद आओ तो राम की समोसा दुकान पे आओ इसको खाओ एक नंबर समोसा बनाते हैं है ना? तो दोस्तों समोसा वाकई में बहुत बढ़िया था एक नंबर और समोसा खा के बहुत मज़ा आया और इस वीडियो को हम अब यहीं पर एंड करने जा रहे हैं और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पे एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी उसे आपको दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे थैंक यू सो मच